हेलो गाइस कैसे हो आप सब आज हम ट्वेंटी बाई थर्टी का हाउस प्लान डिज़ाइन करने वाले हैं तो देखिए है कैसे होगा और इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर बाय तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग तो देखिए कैसे हैं पहले ये एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ आप पूरे वीडियो को देखिए आपको पूरा इंफॉर्मेशन आइडिया मिलेगा अपने घर को डिज़ाइन करने में हम्म mm -hmm. वीडियो को अच्छा से देखिए देखिएगा आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा बीडिंग के बारे में इसमें आपको थ्री बेड रूम मिलेगा देखिए कैसे हो गई ये आपका इस्टायर हो गया ये आपका गेट हो गया इसका और ये दूर हो गया इस रूम का इस को मैंने छोड़ दिया था ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ये हो गया अपना में हम अब वेंटिलेशन रख देंगे ना ये वेंटिलेशन ऑप्शनल है आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं गाइस वीडियो को फुल देखना क्योंकि आपको फूल धोखे होगा वीडियो तभी आपको ये पूरा आइडिया मिलेगा आपको अब ये वॉल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये हमारा वेंटिलेशन है अगेन मैं कह रहा हूँ ये वेंटिलेशन ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं ये अपना अंदर का हो गया बाहर का होगा अब अंदर का कहते हैं ये अब ये आपका लेटरिन कम बाथरूम ये ऐसे हैं चार फीट और ऐसे है चार फीट नौ इंच और ये आपका लेटरिंग ये चार बाय चार का ये आपका हो गया स्टडी कम बेडरूम नाइन फीट सेवन इंच ऐसा एंड टेन फीट ऐसा ओके okay? ये आपका है ड्राॅइंग कम डाइनिंग और ये हो गया आपका गेस्टरूम आठ फीट चार इंच ऐसा और आठ फीट ऐसा ये आपू हो गया एंट्रेंस ये मेन गेट ये आपका अप या आप चाहें तो एक गेस्ट के लिए गेस्ट के लिए चाहे क्या अपने लिए भी यहाँ पे एक टॉयलेट लैटरिंग बनवा सकते हैं ये यहाँ पे जो छोटा सा स्पेस बचेगा इस्टेयर के नीचे वहाँ पे ये आपका हो गया किचन ये है आपका ऐसा फाइव फिट नाइन इंच और ऐसा है सेवन पॉइंट फाइव फाइव इंच सॉरी फाइव फिट सेवन इंच आपका हो गया बेडरूम दस फीट नाइन पॉइंट टू नौ फीट दो इंच तो यही है प्लान गाइस अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो बिल्डिंग कोस्ट में बता दूँ इसका बिल्डिंग कोस्ट आपका आएगा इस घर का बिल्डिंग कॉस्ट दस से पंद्रह लाख इसमें आप ये कॉलम रख सकते हैं ये से में कॉलम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कितने कॉलम्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व कॉलम्स हैं गाइज तो आई होप ये बिल्डिंग प्लान आपको अच्छा लगा हो ऐसे है बीस फीट और आपका ऐसा है थर्टी फीट तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नहीं लग अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो